सामान क्यों है आफत में जान क्यों है बच रहा बवाल क्यों है बटाए दिमाग क्यों है आसमां को छू कर देखा तारों की करनी सवारी चांद पर भी नचे हम भी तुम हो से यारी। आसमा को छू कर देखा तारों की करनी सवारी चांद पर